नमस्कार साथियों वार के अधिपति देव हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष वत्स आप सभी के समक्ष दिनांक 4 फरवरी दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर शख माघ मास है और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी दशमी तिथि के बारे में ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में लिखा है कि कलंबी के फल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि जो रहेगी ये रात को नौ मिनट तक की रहेगी तदउ उपरांत एकादशी तिथि का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो दशमी को कलंबी का फल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के के के दिन दिन चावल और मसूर की दाल का का सेवन सेवन वर्जित माना जाता है किसी प्रकार के मास का सेवन भी एकादशी तिथि नहीं करना चाहिए वैसे तो मांस मदुर का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन जो लोग करते हैं एकादशी के दिन विशेषकर आप लोग मत करिएगा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चौवन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच मिनट पर नक्षत्र जो रहेगा चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा रोहड़ी नक्षत्र वहीं तैतिल गर और वरिज करण रहेंगे इंद्र योग के साथ चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे ये अपनी उच्च राशि वृषम राशि में चलायमान रहेंगे वहीं सूर्यदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे आज के शुभ समय पर आ जाते हैं तो आज का जो शुभ समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा सुबह 11 बजकर अट्ठावन मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक की रहेगा अशुभ समय पर आ जाते हैं जिसको कि राहु काल के नाम से जानते हैं तो आज का राहु काल दोपहर में 3 बजकर 3 मिनट से लेकर के 4 बजकर 24 मिनट तक की राहु काल रहेगा दर्शकों मंगलवार दिन और उत्तर दिशा की ओर दिशा, की दिशा होता है तो उत्तर दिशा की ओर आज प्रस्थान करने से यात्रा करने से आपको बचना रहेगा लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आपको यात्राएं करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग गुड़ का सेवन करके और पहले दक्षिण की ओर चार पग चल लीजिएगा तद उपरांत आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए तो दर्शकों ये जो पंचांग था ये विशेषता लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है साथ ही साथ दर्शकों यदि आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके हमसे अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हमसे मिल करके करवा सकते हैं यदि मान लीजिए बाई चांस फ़ोन इत्यादि नहीं उठ पा रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी प्रोसेस पूछ सकते हैं मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हनुमान जी महाराज ने आज क्या कुछ उनके भाग्य में लिखा है क्या कुछ नवीनता आएगी तो इस पर एक दृष्टि डालते हैं राशि पलकी या फल की जो रा, तो व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज मित्रों के पीछे आपका धन खर्च होगा और सामाजिक अः माफ करिएगा सरकारी कार्यो में आज आपको सफलता मिलेगी आज बुजुर्गो तथा पूजनीय व्यक्तियों को से आपका मिलन होगा दूर रहने वाले आज आपके जो मित्र लोग हैं इनसे शुभता और शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ आज, आज आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर के आया है किसी एग्जाम में यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो आज आपके पक्ष में आएगा आज घर की साठ सजावट में कुछ नयापन आप लोग लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज वाहन सुख भी मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मेष राशि के जातकों को तो मेष राशि के जातको आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा हनुमान जी महाराज आपके सभी विपता को आपकी सभी परेशानियों को हर लेंगे दूर करेंगे शुभ कलर क्या रहेगा तो आज आपके लिए सिंदूरी कलर ऑरेंज कलर शुभ रहेगा और अंक एक आपके लिए शुभ अंक रहेगा हमारी जो राशि चक्र की अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को आज के दिन आप व्यापार को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देंगे नई योजनाएं और विचारधारा की नवीनता से व्यापार प्रगति की दिशा में आज आपका अग्रसर होगा आज आपको कार्यों में सफलता मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन शाम तक की आपको विलम्ब जो है जो सफलता है ये मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपको पदोन्नति मिल सकती है सरकार के पक्ष से सरकार की तरफ से आज आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है आपकी कार्य पद्धति से आपके जो उच्च अधिकारी गण हैं ये आज प्रसन्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप लोग उपाय क्या करेंगे तो आज के दिन आप लोग हनुमान जी महाराज को एक नारियल जो जटा वाला होता है वो ले जाकर के अर्पित करेंगे और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः मिथुन राशि जेमिनी क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे राशिफल की तीसरी राशि है हमारी तो मिथुन राशि के जातको आज नकारात्मक विचारों को मन से निकालने पर जो है आपका मन थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत मिथुन राशि के जातक आज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आकस्मिक धन लाभ का योग आपके भाग्य में बना हुआ है मध्यान्हन के बाद आज की स्थिति काफी अच्छी रहेगी जो लोग लेखन या साहित्यिक जो है जगत से जुड़े हुए हैं उनके कोई भी जो है मतलब लेख इत्यादि प्रकाशित हो सकते हैं मीडिया जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है लंबी दूरी की यात्राएं आज होंगी आज आपके घर में कोई जो है फंक्शन इत्यादि मांगलिक उत्सव इत्यादि हो सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन आपको प्रयास करना है कि हनुमान चालीसा का ग्यारह बार आप लोग पाठ करें हनुमान जी महाराज आपको सभी खुशियां देने में बिल्कुल समर्थ हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कर्क राशि के जातकों क्या कुछ लाया है आज का राशिफल मंगलवार का राशिफल तो कर्क राशि के जातकों मनोरंजक प्रवृत्ति से मन प्रफुल्लित रहेगा इस प्रवृत्ति में मित्रों का जो है आज आपको सहयोग मिलने से मनोरंजन का आनंद आपको दुगुना मिलेगा मध्याहन के बाद आज आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है प्रतिकूल हो सकता है वाहन चलाते समय आज आपको जो है स्पीड पर ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे बहुत तेजी से वाहन मत भगाइएगा अपने क्रोध पर और अपने ईगो पर थोड़ा सा आपको अंकुश रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आपकी वारी उग्र ना हो किसी के समझ इस पर भी आज आपको ध्यान देना है नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो आज आपको हनुमान मंदिर में जाना है और चने का और गुड़ का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना और वहाँ पर बैठ के सुंदर का पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है ग्रह के राजा सूर्य देव की राशि सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों व्यापार के विस्तृतिकरण के हेतु धन का आयोजन करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं आज इनको कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है या आप लोग यदि किसी इलेक्शन में खड़े हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा जो है रहेगा कोई नए व्यापार की शुरुआत आज सिंह राशि के जातक कर सकते हैं कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो धन प्राप्ति के योग आज आपके भाग्य में प्रबल बन रहे हैं आर्थिक रूप से आए आने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी में थोड़ा सा आपको संभल कर रहना रहेगा क्योंकि आज आपके सहयोगियों का साथ आपको कम मिलेगा शत्रुओं से आज आपको कुछ टक्कर लेने सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग का 108 बार जाप करिए निश्चित रूप रूप से से लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो राशि फल में जो हमारी अगली राशि का स्थान आता है यह आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जात को आज देखिए आप लोग महंगे महंगे वस्त्र खरीदेंगे परिधान खरीदेंगे कोई ज्वेलरी इत्यादि खरीद सकते हैं आज का दिन जीवनसाथी के साथ बड़ा रोमांटिक व आनंददायी रहेगा कला के प्रति आज आपकी अभिरुचि विशेष रहेगी व्यापार में विकास होने से मन में आनंद छाया रहेगा व्यवसाय में समय अनुकूल रहेगा आज आपके प्रतिस्पर्धियों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर जो है क्या करें कि सितारे आपके लिए जो है अनुकूल रहे तो आज आपको प्रयास करना रहेगा कि हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की रोग आपके अंदर और दूर नहीं हो रही है तो 108 बार केवल आपको पढ़ना है नास रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा इस मंत्र का यदि आप लोग 108 बार जाप कर लेते हो चाहे किसी राशि के क्यों ना हो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा ही होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन लिब्रा जी हाँ तुला राशि तुला राशि के जातको आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदाई रहेगा आज संपत्ति संबंधी कोई विवाद उभर के सामने आ सकता है परिवार में उत्तराधिकार को लेकर के कुछ तूतू होगी और वर्चस्व की लड़ाई भी कायम हो सकती है परिवार में तकरार ना हो इसका आपको ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य कुछ आपका प्रतिकूल रहेगा लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल है यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वह आपके पक्ष में आएगा विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के रिश्ते की बात आज होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक क्या करें तो तुला राशि के जातकों आज के दिन कोशिश आप लोग ये करिएगा कि हनुमान जी महाराज को चूंकि शनि की ढैया आपकी स्टार्ट हो गई है तो हनुमान जी महाराज को आज आप लोगों को जाना रहेगा और एक लाल रंग का जो चोला होता है वस्त्र होता है इसको अर्पित करिए साथ ही साथ आप लोग वहां पर बैठ करके सुंदर का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ तुला के बाद जो हमारी अगली राशि ये आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के साथ कार्यों में प्रतिकूलताओं में, में वृद्धि होगी शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ व्यग्रता आपके अंदर आएगी सामाजिक क्षेत्र में कुछ आपको अपय इत्यादि मिल सकता है परिवारजनों के साथ मतभेद रह सकता है धन हानि का योग वृश्चिक राशि के जातकों के भाग्य में आज लिखा हुआ है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी विकलांग को आपको मीठा खिलाना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन आप लोगों को बंदरों को गुड़ चना आप लोग खिलाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ होंगे शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो आज व्हाइट कलर श्वेत वस्त्र आपके लिए श्वेत कलर शुभ रहेगा और अंक एक आपके लिए शुभ अंक रहेगा वृश्चिक के बाद जो हमारी अगली राशि आती है आती है सेजिटेरियस जी हां धनु राशि तो धनु राशि के जातकों आज आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा भाई बहनों के साथ आज आपका मेल जोल अधिक बढ़ा रहेगा नए कार्यों की शुरुआत आज आप लोग दिन के आरंभ में कर सकते हैं सगे संबंधियों तथा मित्रों का आपके यहाँ आगमन होने से आनंद रहेगा आज आपको जो है भाग्य का अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज माता का स्वास्थ्य कुछ आपके प्रतिकूल होता हुआ दिख रहा है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप लोगों को कुछ चिंता करनी पड़ सकती है आपके धन का एक हिस्सा आज माता के स्वास्थ्य में खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए साथ ही साथ आज किसी धर्म स्थान पर जा करके आप लोगों को गुड़ का दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ अगली जो राशि आती है याती आती जी हाँ मकर राशि मकर राशि के जात को आज का प्रत्येक कार्य बिना विघ्न के संपन्न होगा गृहस्थ जीवन में उग्रता का वातावरण बना रहेगा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आज, आज आपकी अभिरुचि जागेगी कार्यालय में आज, आज आपका जो है दबदबा बना रहेगा जी हाँ कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से आज, आज आपका डंका उच्च अधिकारियों के साथ जो चले आ रहे मतभेद हैं, मत हैं यह समाप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में आज कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और डिसीजन मेकिंग तो सुंदर कांड का पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन आप लोग हनुमान जी महाराज को बेसन से बनी हुई कोई जो है सामग्री वस्तु अर्पित कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार मकर के बाद जो हमारी अग्नि राशि आती है आती है कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को शेयर मार्केट से आज दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा आपको बहुत अधिक आ, जो है हानि होती हुई दिखाई पड़ रही आज मानसिक रूप से आपका जो मन रहेगा ये धार्मिक कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा लगा रहेगा आज धार्मिक यात्राओं में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ईश्वर की आराधना से मन को शांति प्राप्त होती हुई दिख रही है घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है व किसी मांगलिक उत्सवों का आज आयोजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुंभ राशि के जो जातक है इनको आज से बचने के सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा कुंभ राशि के जातकों को तो कुंभ राशि के जातकों आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना रहेगा और जो चांदी का वर्क आता है मिष्ठान पर लगाने के लिए उस वर्क को लेना और हनुमान जी को आपको लगा करके चले आना बस इतना छोटा सा काम करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ अंतिम पड़ाव पर चलते हैं हमारी जो अंतिम राशि आती है आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि मीन राशि के जात को आज देखिए शेयर मार्केट से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज आपको गजब का आर्थिक लाभ होगा व्यवसायिक क्षेत्र में भी लाभ होगा पारिवारिक क्षेत्र में भी लाभ होगा और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी रमणीय स्थल पर आज आपका जाना हो सकता है आपके घर में आज कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है हो सकता है आपके भाई का विवाह हो या रिसेप्शन इत्यादि हो तो घर में किसी बहुत बड़े आयोजन जो है मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है कई लोगों से आज आपका मिलना होगा लेकिन आज दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी धन हानि के योग आज आपको दिखा जो है दिखाई दे रहे हैं मानसिक रूप से आज, आज आप लोग कुछ चिंतित रहेंगे धार्मिक कार्यों के पीछे धन का खर्च अधिक होगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग दुर्गा सप्त सती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए और आज आप लोग एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करिएगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम हम से हमें अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार